एक तरफ गरीब जनता महंगाई की मार से परेशान है तो वही दूसरी तरफ शिवराज सरकार के मंत्री अजीब गरीब बयान देने से नहीं चूक रहे महंगाई को लेकर वन मंत्री विजय शाह के अपने अलग ही तर्क हैं। मंत्री शाह ने कहा हर वर्ष पांच सात प्रतिशत सेंसेक्स बढ़ता ही है उसी हिसाब से सारी चीजें बढ़ती हैं। विकास महंगाई के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है इंडेक्स न बिगड़े उसका ध्यान प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार रख रही है हम डेवलपमेंट को आगे लाकर महंगाई को मात देना चाहते हैं बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले वन मंत्री ने महंगाई को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है शाह ने कहा हर वर्ष पांच सात प्रतिशत सेंसेक्स बढ़ता ही है उसी हिसाब से सारी चीजें बढ़ती हैं। विकास महंगाई के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है विजय शाह शिवपुरी जाते समय कुछ देर के लिए गुना रुके थे इस दौरान उन्होंने महंगाई के सवाल पर कहा कि महंगाई को प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कंट्रोल किया है इसलिए इंडेक्स ना बिगड़े उसका ध्यान प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार रख रही है विकास महंगाई के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है इन सब का समन्वय जरूरी है हम डेवलपमेंट को आगे लाकर महंगाई को मार देना चाहते हैं उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि अब कहा गया बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा यह बताएं कि पहले झूठ बोलते थे या अब झूठ बोल रहे हैं